पता है द्रौपदी जब पांचों पांडवों से विवाह करके हस्तिनापुर जा रही थी तब केशव ने द्रौपदी से कहा सखी इस सखा की एक सीख ध्यान में रखना ससुराल जा रही हो हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करना जो तुम्हारा मन सुख में रहा तो सही निर्णय ले पाओगी वरना दुखी आत्मा से तुम हर वक्त गलत कदम उठाओगी दरअसल केशव की यह सीख सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं थी बल्कि संपूर्ण जगत के लिए थी कि सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब हर परिस्थिति में आप सुख को ढूंढें, वरना दुख देने के लिए तो अपने ही काफी हैं।